चारकोल मीडियम में हेयर के लिए बेस लेयर बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्रेटक कलर का चारकोल पाउडर यूज़ कर रहा हूँ आपको इसको सैंड पेपर पे लेना है और फिर ड्राइंग पेपर पे यूज़ करना है ये पाउडर काफ़ी इजीली स्प्रेड हो जाता है तो बेस लेयर के लिए काफ़ी इफेक्टिव है ये और उसके बाद जनरल्स की सिक्स भी चारकोल स्टिक्स का पाउडर बना रहा हूँ मैं सैंड पेपर पर और उसके बाद सेम तरीके से मैं ड्रॉइंग पेपर पर इसका यूज़ करने वाला हूँ यह डार्कर वैल्यूज़ के लिए काफ़ी काम आता है तो मेरे अकॉर्डिंग ग्रेफाइट पेंसिल के कंपैरिजन में चार से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें कीप ड्राइंग कीप प्रैक्टिसिंग